हेलो गाइज तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ब्लॉगर के बारे में बात करने वाले हैं इंडिया का एकमात्र ऐसा ब्लॉगर जो कि इंडिया में इंसानों के चलती कमी का के कारण भूतों से बात कर रहा है और भूत भी इससे बातें कर रहे हैं लेकिन मैं और आप भी एक प्रकार से भूत हैं लेकिन हमारे ओम भैया हम लोगों को छोड़ इन दर भटकती हुई आत्माओं से बातें करते हैं क्योंकि एक भूत दूसरे भूत से ही बातें कर सकता है जैसे एक चूतिया दूसरे चूतिया की बातें समझ सकता है ओम भैया की वीडियो और हजारों हजार सालों की रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि ओम भैया के पास सुपर पावर है क्योंकि यार भूत प्रेड़ितों से आम इंसान तो बातें कर नहीं सकता और मैंने भी सोचा कि क्यों ना जब ओम भैया भूत प्रेड़ितों से बातें कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया वगैरह वगैरह ट्राई किए लेकिन काम नहीं किए और मैं गया हमारे यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो कि पंद्रह सौ साल पुराने हो चुके हैं लेकिन हमारे नहीं है बहुत सारी पीढ़ियां चली गए बस मैंने उनको कॉल किया और बुला लिया आइए बाबा जी आइए बाबा जी बैठिए बच्चा हम बैठ नहीं रहे हैं जन्म के काम से काम बाहर जा रहे हैं तुम ये मंत्रो हम चले बाहर जी बाबा जी बाबा जी तो मंत्र देखे चले गए लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भूतों से बातें करूं कि ना करूं क्योंकि भाई मुझे सच में डर लगता है और लगता भी नहीं है रात में डर लगता है दिन में डर नहीं लगता है और वैसे भी मैं गांव से हूं तो गांव में पीपर के नीचे भूत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं क्योंकि हमारे बूढ़े बताते हैं कि यहां पे भूत रहते हैं और हमारा साइंस बताता है कि भूत नहीं होता है अब मैं क्या करूँ यार बनाऊँ ना बनाऊँ वीडियो में बोल दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो जैसा कि बाबा जी ने बोला इनकी हमने प्रतिमा लगा के रखी है ए अगरबत्ती बाद में बताऊंगा और तुमको तो बराबर हो उछालने की लिमिट होती है तो ठीक है अब हम लोग मंत्र पढ़ना चालू करते हैं ए ले चुकी है बत्ती इसको यहीं पे दो, और ये रही अगर बत्ती देखिए अब हम लोग मंत्र पढ़ना चालू करेंगे ए ओम बेलो अगर जय ओम बेलोअर आपके जैसे भूत और मिलते रहे हमें जिससे हमारा चैनल चलता रहे ये लग गई है 2000 years later. और अब हम लोग बाबा जी के द्वारा दिया गया मंत्र का उच्चारण करेंगे। बवंडर बवंडर में में ला ला दूंगा, दूंगा। दूंगा, दूंगा। सिस्टम सिस्टम फैला फैला अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो तुझे कुत्ते का मुंत फैला दूंगा वाह, बाबा जी के मंत्र तो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन है। बब ला दूंगा सिस्टम फैला दूंगा भूत अगर तूने तो तो मुझसे तो बात नहीं की तो कुत्ते का मुठ फैला दूंगा बब ला दूंगा सिस्टम दूंगा। भूत अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो कुत्ते का मुठ पिला नहीं नहीं आया भूत मैंने बोला था भूत होता ही नहीं है लेकिन नहीं यार लेकिन बाबा जी बहुत पूजनीय माने गए हैं हमारे यहाँ पे इसलिए एक और बार ट्राई करेंगे हम और ए बाबा जी के द्वारा दिया गया हम लोग दूसरा मंत्र भी उच्चारित कर लेते हैं इसके लिए हम लोगों को झाड़ू मार के तुझे मैं दोबारा भूत बना दूंगा काली सी शक्ल का बना दूंगा झाड़ू मार के दोबारा में भूत तुझे बना दूंगा तू ने मुझसे बात नहीं की तो गौरव जॉन और पायल जॉन की वीडियो में तुझे दिखा दूंगा <laughs> भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, ये देखो ये भूत भूत की शक्ल देखो भूत कितना प्यारा भूत है